मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों को बड़ी सौगात दिए जाने की शुरुआत टीकमगढ़ से की भू हितग्राहियों को 600 स्क्वायर फीट का स्कूख शिवराज सिंह ने प्रदान किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों को एक बड़ी सौगात देते हुए टीकमगढ़ की सिद्ध बगाज माता मंदिर से भू अधिकार पत्र योजना उन गरीबों के लिए शुरू की जो भूमिहीन है इस दौरान उन्होंने चौतीस हितग्राहियों को अधिकार पत्र दिए और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनके भूखंड पर सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए यह योजना मध्य प्रदेश के उन गरीब लोगों के लिए शुरू कर दी गई है जो भूमिहीन है इसके तहत 600 स्क्वायर फीट का भूखंड गरीबों को दिया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत गरीबों के आवास का निर्माण किया जाएगा यहीं से करोड़ों रुपए की लागत से एक जल योजना का शुभारंभ किया जाएगा जो आसपास के सैकड़ों गांव में ग्रामीणों को शुद्ध पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा जन समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने अपनी सरकार की नीतियों से जनता को वाकिफ कराया टीकमगढ़ जिले ऐसी जो समस्या मैंने देखी थी हथेरी गाँव ऐसी मुझे कई भाई बहनों ने रोक के ये बताया था कि रहने की जगह हमारे घर में नहीं है क्योंकि ये घर में बहुत सदस्य हो गए हैं कई पीढ़ियों पहले के मकान है पूर्वजों की और तब मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई और मैंने तय किया कि टीकमगढ़ से ही उसको लागू करेंगे दस हजार पाँच सौ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 कल न्यूज